सभी को उपनाम हर्बल रेमेडीज में आपका स्वागत है एक और आपके लिए घास लाए हैं आज आप इसको देख रहे होंगे फ्रेजाइल इसका स्टेम है मीजोपीट्स कैलिसिनम के नाम से इसको जाना जाता है और भी इसको कहते हैं और ये प्लैंटाजीनिस फैमिली का है इसके जो कॉमन लीव्स हैं और शंख के शेप के जैसा कि शंख होता है इस प्रकार के इसके फ्लावर्स हैं वाइटिश टू पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं ये लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फ्लैनाइड्स सेपोनिनयड्स पाए जाते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं लीवर रेमेडिएशन का और एलोपैथी मेडिसिन आती है एल्बेडा पेट के कीड़े निकालने के लिए इसको भी उसी के तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे कि ये कोमल पत्र और इसका जो एपिकल पोर्सन आप देख रहे होंगे इसको आप सिंपल तोड़िए और इसको खा लीजिए इसका ना तो कोई बिटर टेस्ट है और ना ही कोई इसमें आपको नोज स्मेल आती है बहुत टेस्टी लगता है खाने में इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स हैं फ्लोनाइड्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो ये अपना कार्य लीवर रेमिडिएशन के माध्यम से करता है इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है तो उसके लिए भी आप इसकी भाजी बनाकर खा सकते हैं अल्सर हीलिंग में जो गैस्ट्रिक मुकोसा होता है उसके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं तो उसकी हीलिंग में भी बहुत अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन है यह डायुरेटिक एक्टिविटी रखता है यानी कि मैं कहूँ किसी भी प्रकार का अगर किडनी स्टोन हो उसको भी ये रिमूव कर देता है डायुरेटिक का कार्य करता है डायुरेटिक होते हैं जो जो मूत्रल का कार्य करते हैं तो सब आती है उस उनको लेने के बाद और धीरे धीरे किडनी में अगर किसी तरह का स्टोन होता है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उसमें भी अपना कार्य करते हैं बटर इसकी एक्टिविटीज़ हैं अगर एजिंग के समय या फिर एजिंग के कारण शरीर पे फेस में कुछ रिंकल्स आ गए हैं पिंपल्स भी हो गए हैं तो उसके लिए आप इसका पेस्ट बनाइए पेस्ट बनाकर लगा दीजिए आधे घंटे बाद ल्लूक वाटर से वॉश कर दीजिए बहुत अच्छा ये फेस वॉश का कार्य भी करता है इस प्रकार से साधारण रूप से दिखने वाली एक घास एक वाइल्ड प्लांट आपके दैनिक जीवन में आपके लाइफ मैनेजमेंट में किस प्रकार से अपनी लिए अहम हो सकती है आपके स्वास्थ्य समर्थन के लिए आपने जाना वीडियो को आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाई जा सके जाते जाते एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में इस जड़ी बूटी को क्या कहा गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार